मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने तुमने बिहार में यादवों को ब्राह्मण से यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने तुमने चंद वोटों की खातिर भाई से भाई को लड़वाकर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेंकना, आप जैसे नेताओं का काम है